आय है पे तेरी मई आज दे दुदर्शन आए पे तेरी मई आज दे दो दर्शन दूरों से दर दर्पन आए, हमारी आए है दर पे तेरी मैया जी दे दो दो दर्शन है दर पे तेरी मैया जी दे दो दर्शन भक्तों को तुम बुलाती ममता का स्नेह जताती झोली को सबकी भरती खुशियों से सजाती आए दर्द तेरी मैं आज दे दो दर्शन आई है दर्द तेरी मैया जी दे दो दर्शन बालक हम है तेरे एक पल ना सह सकेंगे बाल हट कर जो बैठे मैया जी हम तुमसे आए दर्प तेरी मैया जी दे दो दर्शन आए दर्प तेरी मैया जी दे दो दर्शन मैया जी तुम हमारी चढ़णा में शीश अर्पण भक्ति में लीन तुम्हारी जीवन ये समर समर्पण आये दर्प तेरी मैया जी दे दो दर्शन आए दर्प तेरी मैया जी दे दो दर्शन